कंट्रोल प्रेस uh, करना है एकदम आपको राउंड सर्कल बनाना है फिलहाल इसको साइड में रख देना अब आपको एम बनाना है मोटो के लोगों के लिए एम तो एम बनाने के लिए हम क्या करेंगे पहले ये लेंगे क्या आपका रेक्टेंगल यह आप एक काम कर सकते हो अगर आपको यहाँ पे क्या मिल जाता है ट्राइंगल मिल जाता है तो आप ट्राइंगल को भी यहां से ले सकते हो ट्राइंगल से उस को बना सकते हो दोनों से कोई ऑप्शन यूज कर सकते फिलहाल हम क्या यूज करते हैं रेटेंगल रेक्टेंगल यूज किया हमने ये शेप टूल है शेप टूल लेनी है क्योंकि अभी आप शेप टूल को डायरेक्ट यूज करोगे तो राउंड बनेगा हमें ऐसा यूज़ नहीं करना है हमें क्या करना है इसका वो राइट क्लिक करना है टू को ऑफ करना है या कंट्रोल क्यूब आप की से प्रेस कर दो बात एक और एक पॉइंट को डबल क्लिक करके हटा दो या राइट क्लिक करके डिलीट करके हटा दोनों बात एक ही है और इसको इसके कहाँ पर रखना है आपको ऐसे सेंटर में रखना है ठीक है क्लियर अब ये इसके सेंटर में है या नहीं कैसे फाइंड होगा तो आप क्या करो ये पहला वाला इसमें आपको दिख रहा है एक चारों तरफ एक डॉट्स आ गए फिर यहाँ से एक लाइन खींचना और ये नीचे वाला डॉट है इस पर छोड़ना देखो कितना फर्क है ये देखो माउस का दिन घुमाओगे तो कर सकते हैं फिर आप लेना और इसको एग्जैक्ट इसके ऊपर रखना एकदम इस सेंटर पर आ गया अब नीचे वाला दिख रहा है आपको इस पे राइट क्लिक करना है टू कर करना है क्या करना है टू और इसको उठा के ऐसे सेंटर पे ही छोड़ देना है इसको ऐसे। अब इसका डुप्लीकेट लेना है कंट्रोल डी करना है डुप्लीकेट इसको उठा के इसके साथ से अटैच कर देना है दोनों को एक साथ सेट करके छोटा करना है श्रिंक करना है जो भी करना है और उठा के आपके सर्कल में और इसको सर्कल के अंदर क्या करना है आपको सेट करना है ठीक है इस वाले में आपको डालना है ब्लैक कलर और इस पूरे को सेट करना है और इसमें डालना है वाइट कलर यहाँ पे वाइट है तो इस तरीके से पूरा क्यों बन जाएगा मोटो का एक लोगो बनके